महेश भारती आप सभी का देश पर स्वागत करता हूं हूँ राज में हत्या अब आम बात हुई है जातिवादी लोग का वर्चस्व जो है रामराज में चरम पर रहता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यही हाल है जो भी जातिवादी लोग हैं वो पूरे चरम पर चढ़े हुए हैं जो भी उनका विरोध करता है उन, उनसे नीचे के लेवल का जाति प्रता ने उनसे नीचे का कोई भी विरोध करता है तो उनकी हत्या कर देते हैं जहाँ जातिवादी गुंडे का कारनामा चरम चरमों सीमा पर है जाति प्रथा में जो लोग नीचे भी हैं जाति प्रथा में जो लोग सबसे ऊंचे हैं वो नीचे लोग को देख नहीं मानते कुछ भी विरोध को उनकी हत्या कर देते हैं जान से मार देते हैं ऐसा क्यों संविधान के राज में ये स्थिति क्यों आई संविधान को कमज़ोर कर दिया गया या उसको पालन नहीं किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ये हाल कब तक चलता रहेगा अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रॉकेट कीजिए जी है हैं जिनकी जीए। हत्या कर दी गई छोटेदार और, और पूर्व प्रधान की साजिश के तहत चुनावी रंजिश और राशन की अनियमितता को लेकर आवाज उठाई उठाने की वजह से जो है की उन लोगों ने मुजिमानों ने बचाया हो रहा है पाठक संतोष कुमार पाल और अन्य ब्लैक सफारी गाड़ी यूपी पचास ए पी जीरो से हमलावरों ने इनको घेर कर सिराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंगनी गांव है वहां घेर कर इन पर जानलेवा हमला कर दिया और जब से इन पर हमला हुआ उससे दूसरे दिन से ही यह कोमा में चले गए स्थिति यह हो गई कि मैं ले बोड़ी बोड़ी को लेकर इराकी के इनकी बृतुटी हो गई और आज हम लोग इनकी बॉडी को लेकर धारणा स्थल उनके घर के सामने बैठे हुए इंसान भार लगा रहे हैं योगी शासन से मुझे बस न्याय चाहिए मेरे भाई को न्याय चाहिए इनकी पत्नी इनके बच्चों को न्याय चाहिए उनके परवरिश का सवाल है यहाँ लगातार बारिश हो रही है देखिए सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ और लगातार बारिश उसके बाद भी गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए है वीडियो क्लिप में देखा कि व्यक्ति की हत्या कर दी है लोग जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं उनके परिवार के कल्याण के लिए धरना स्थल लोग दे रहे हैं कि किसी प्रकार कोई जो है मदद कर देगा तो उसका जीवन यापन चलेगा उनके परिवार का कोटेदार और प्रधान ने मिलकर हत्या कर दी देखते हैं सरकार कार्रवाई करती है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद